परि ने राड़ खाएगी खागी भाया ने, ने, खा ने। परिवार ने राड़ खाएगी खागी भाया ने छोरा ने मोबाइल खा गो हेसन खागी लुगाया ने परिवार ने रड़ खाएगी ऊट खाएगी भायाने पिज्जा तो रोटिया ने खा गया गैस खाएगी चूला ने बाजारू मिठाया खागी गुड़ और गुलगुल ठंडी मटकी फ्रिज खाई गो टीवी खागी हताया ने पंखा ए सी कूलर खा गया पिड़की ठंडी छाया ने परिवार ने राड़ खाएगी फूट खाएगी भाया ने भजन डीजे डेयरी कोल्ड ड्रिंक भूलिया छाछ शिकंजी अंग्रेजी फैशन समझावे बाया ने, बड़ बड़ती आचाय के जाींकारूलिया परिवार ने राड खाएगी खाएगी भाया ने पैसा को दिखाओ खाग आदर और सत्काराने ने बफे वालों खाण खाग्यो जीवन में मनुहारा ने कंपटीशन बचपन खाग चिंता खागी काया ने बिना जरूरत लोन ले लिया किश्ता थागी कमाया ने परिवार ने राड़ खाएगी फूट खाएगी भाया ने परिवार ने राड़ खाएगी फूट खाएगी भाया ने छोरा ने मोबाइल खागो टेस्ट खागी लगाया ने परिवार ने राड़ खाएगी, ऊट खाएगी बाया ने